हेलो दोस्तों मेरा नाम है लाला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट वाच आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं आज हम आपको पांच मज़ेदार पहेलियां बताएंगे जिनका जवाब शायद आपको पता नहीं होगा तो चलिए शुरू करते हैं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 ऐसा कौन सा जानवर है जो आंख है देखता नहीं दांत है खाता नहीं जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है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 अंत में एक जोक हो जाए जिंदगी में कितने भी दुख मिले गम मिले अपने आंसू बह जाने देना इन्हें रोकना मत क्योंकि डेंगू के मच्छर रुके हुए पानी में ही अंडे देते हैं